पूर्ण जगाला तुझा रूपा सा रंग दिवाला संपूर्ण जगाला तुझा रूपा सा रंग दिला देवा सगड़ाला प्रेम चतु सुगंध दिला देवा प्रेमा प्रेम पावन कूड़ा सुंदर सुंदर सदा ये से दसा गो गुरी बनैया सर्वधर्म का लाका भेद भावना तुला एक सया तुला धन्य धन्यव प्रदीला प्रेम का पावन कंकियाल राजा तीन दो oh.